असल ब्राए मेहरबानी ये चीज़ सर्च करना बंद कर दें कि YouTube के ऊपर आते हो सर्च करते हो टू डाउन क्रैक सॉफ्टवेयर तो ऐसा ना करें। इस वीडियो में मैं नीडियो के ऊपर काफी ज़्यादा थ्रेड्स आ रहे हैं। हम लोगों के एक रूटीन बन गई है कि कोई प्लीज तो दिस ये करना बंद कर दो प्लीज क्योंकि आपका डेटा रिस्क में है अगर आप एक यूट्यूबर हो या एक क्रिएटर हो या आपके पास फेसबुक पेज है या आप हो इंटरनेट के ऊपर और रिसर्च करते रहते हो या डिफरेंट वीडियोस बनाते रहते हो या कोई भी नॉर्मल पिक्चर अपलोड करते हो फेसबुक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर के ऊपर तो नहीं होगा फेसबुक के ऊपर एंड अदर सोशल मीडिया के ऊपर आपकी कोई प्रेजेंस है इंटरनेट के ऊपर तो बरा मेहरबानी इस तरह की कोई भी चीज सर्च ना करे आप दो गलतियां करते हो नंबर वन के कोई भी मोड एपी डाउनलोड कर ली नंबर टू कोई भी क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया ऐसा ना करें ट्रस्टेड वेबसाइट से जाकर कर सकते हो गेट इंड पीसीआर बस इसके अलावा कुछ नहीं ऐसा और इन दोनों के अलावा कहीं ना जाएं अब ये मैं आप क्यों कह रहा हूं क्योंकि मैं हालिया दिनों में रिसेंटली ये चार से पांच महीनों में ये ये चीज हो रही है इन चार से पांच महीनों के लोग इंटरनेट के ऊपर आते हैं सर्च करते हैं क्रैक सॉफ्टवेयर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी की आप कोई भी क्रैक सॉफ्टवेयर वाली वीडियो देखते हो यूट्यूब के ऊपर आकर तो वहाँ पर सिर्फ बैकग्राउंड के अंदर म्यूजिक होता है और कुछ भी नहीं और वहां पर वो आपको फंसा लेते हैं भाई अगर आप लोगों ने कोई वीडियो देखनी है ना तो ऐसी वीडियो देखो जो आपके रिलीजन का हो डेट मीन्स कोई उर्दू बोल रहा हो हिंदी बोल रहा हो और उसके अच्छे खासे फॉलोअर हो और वो आप समझकर देखें वीडियो कि क्या ये वीडियो ठीक ठाक है या नहीं क्योंकि इंटरनेट के ऊपर अब बहुत ज्यादा ऐसे फेक YouTube चैनल्स बन गए हैं जो आपको बताते हैं लाइक हाउ टू डाउनलोड क्रैक सॉफ्टवेयर तो इस तरह की चीजों से बचकर है और इसी वजह से काफी ज्यादा YouTube चैनल्स के काफी ज्यादा YouTube चैनल हैक भी हो जाते हैं जो ओरिजिनल क्रिएटेड होते हैं मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है दो के अंदर लास्ट मंथ के अंदर पता नहीं कैसे मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया और वहां पर क्या अपलोड हो रहा है क्रैक सॉफ्टवेयर्स से ऑलमोस्ट बंदे ने या उस हैकर ने या कोई स्क्रिप्ट लगाई होगी दस मिनट के अंदर तीस वीडियोस अपलोड कर दी उसने इतनी तेजी से क्रैक सॉफ्टवेयर वाली और मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया यार मेरे साथ ये क्या हो गया मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया फिर मैंने क्या किया और मैंने अपनी सिक्योरिटी को थोड़ा सा अपडेट किया मेरा चैनल हैक हो चुका है जी हाँ मेरी इन्हीं वजह से मेरे पास उस टाइम मोबाइल था और उसी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल हैक और मुझे मेरी रीज़न पता है वो मेरे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ वो तो थोड़ा सा मुझे टेक्निकल चीज़ों का पता है मैं इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करता रहता हूँ तो अलहमदल्ला बच गया अब से मैं ऐसा नहीं करने वाला ट्रस्टेड जगह पर जाए वहाँ से डाउनलोड करें अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ और मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं कि कौन सी चीज़ आप इस चेहरे को पहली दफा देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह की नई वीडियो देखने के लिए तो चलिए, बेंडीकम स्क्रीन कॉर्डर बैडिकम क्रैक ट्वेंटी ट्वेंटी तो इस तरह के आप लोगों ने कीवर्ड सर्च नहीं करने अब देखो यहाँ पर मैंने सर्च कर दिया है अब आपको पता है कि ये वीडियो ट्रस्टेड है फ्रॉड ये देखें ये वीडियो खराब है ये हैकर है एक जो आपको मेन्यू कर रहा है रुकिए दूसरी वीडियो देखें, ये देखें, ये भी वीडियो बेकार है मैं वीडियो प्ले करके नहीं दिखाऊंगा सिर्फ ऊपर से दिखा रहा हूँ देखें, ये भी वीडियो बेकार है नीचे आएं, सिर्फ मैंने की वर्ड सर्च किया बेंडी कम क्रैक और यहाँ पर देखें, ये भी वीडियो बेकार है यहाँ पर देखें एआई का यूज किया जा रहा है समझ जाओ अब आप, आपके साथ क्या होने वाला है बेंडी क्रैक यहाँ पर देखे और ये देखे इसी यूट्यूबर ने वही वीडियो उठा लिया देखिये मैं भी ये वीडियो थोड़ी सी ठीक हो सकती है यहाँ पर देखें ये बंदा ट्रस्टेड है आ, इसकी वीडियो देख सकते हो लेकिन इसने कौन सी वेबसाइट का यूज किया है वो भी आपको देखना पड़ेगा तो अभी मैंने आपको अलर्ट कर दिया आपको बता दिया कि कौन सी चीज बेकार है कौन सी चीज ठीक है अब फिर मत कहिएगा कि हम अलर्ट किया नहीं था बताया नहीं था कि हमारे चैनल हैक हो गए है, हम लोग क्या करें तो अभी मैंने आपके साथ सारी चीजें क्लियर कर दी है कि क्या चीज़ ये तरीकाकार इस्तेमाल कर रहे हैं किस तरह के चैनल फेक है उनका क्या क्या तरीकाकार होता है थोड़ा थोड़ा मैंने आपको गाइड कर दिया है और इसी तरह की नई वीडियोस देखना चाहते हो इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो को लाइक कर सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग